की बॉडी मिल जाएगी सोच रहे है बॉडी मिल जाए हमें जब जाने लगे तब हमारा बाइक का बॉडी मिला है हम आप लोग जो करिएगा जो भी करिए और उनके परिवार में कौन कौन है उनके परिवार में हम लोग घर से आए हमारा माँ आया है जो कि की दो बच्चे हैं बच्चे हैं पत्नी आ, है साल के बच्चे, बच्चे है। एक 11 साल का लड़का है तेरह साल की लड़की है छोटे चोट, छोटे बच्चे है एक लड़का और एक लड़की एक और उसकी पत्नी है आशीष शर्मा आया है मेरी माँ आया है और मेरा जी का भाई आया पहलेगा आज हमारा दो दिन हो गया है ट्रेन से आया सर आज तो हम आज सवेरे छह बजे सर पाँच बजे लगभग उतरा वो करनाल में तो आपने बॉडी कब देखी थी फिर आ, आज आज अड़तालीस मिनट अड़तालीस मिनट पे बॉडी देखे हम बोले थोड़ा बहुत साइड से जा रहे हैं थोड़ा बहुत फिर दूसरे आदमी को भेजेंगे बॉडी हाँ उसके उसका हाथ पे उसका वाइफ का नीलम देवी नाम है तो हम देखे जहाँ हमारा जीजा यही है हम देख देख लिए तो फिर आदमी को शोर किए कोई भी नहीं था उस टाइम हम दो ही आदमी थे <laughs> तो जब आपने देखा तो फिर उस समय आसपास कोई था जिन्होंने बॉडी को रोका वो चल रही होगी बॉडी चल रही थी बॉडी वो आगे से बहुत आगे चल दिया एक किलोमीटर आगे आगे तो, तो, तो, तो, फिर, कैसे रोका कि फिर हम गाँव वाले को फोन किए एक भाई साहब है उनको फोन किए वो हमेशा हमें चाय पानी देने के लिए आते थे उन्होंने फिर हमारा मदद किया ये भाई साहब है चाय पानी के लिए हमेशा आते थे तो फिर उन्होंने दो चार आदमी को प्रकट सिंह को भी फोन बोला हमारा सेवा तुम्हारे लिए हमेशा खरा ना। है ये।, ये भाई साहब है सब कुछ आपको मदद करता हुआ ये सब इन्होंने मेरे पास फोन किया जी पाँच बज के पचास मिनट पे फोन किया भाई ऐसे ऐसे करके है ये घबरा रहे थे घबराने की जरूरत नहीं है जी मैं यहाँ ऐसी और इनकी हेल्प करता हूँ किसी चीज मैंने बोल सवेरे बोल के गया किसी चीज की हेल्प की जरूरत हो तो मेरे को फोन करो अपना ये ये दे गये गये और सारा सही योगदान इस बात का प्रगट सिंह की टीम को दिया जाता है जिनको मैं अपने नमस्कार करता हूँ उनको प्रगत सिंह की टीम जिस टाइम फोन करते है उस टाइम तुरंत पंद्रह मिनट भी नहीं लगी पंद्रह मिनट से पहले प्रगट सिंह की टीम यहाँ पे पहुँच चुकी है और उनका जो कार्य था अपनी जुम्मेवार अनुसार उन्होंने अपना कार्य किया है हाँ जी ये सारा सहयोगदान नाम, नाम, सा? नाम दीपक कुमार सर तो काफी, तो तो काफी समय से प्रयास कर रहे हैं हाँ जी काफी समय से प्रयास हाँ जी काफी समय से प्रयास कर रहे थे ये घर वाले बोल रहे थे हमें एक बार बॉडी मिल जाए तो हमारे दिल को संतुष्टि मिल जाएगी संतुष्टि मिलने की जब बॉडी मिल गई है जी इन्होंने प्रगत सिंह जी को फोन किया भैया जी बॉडी हमें दिख गई है तो आए हैं भाई साहब जी आए हैं इन्होंने अपना पूरा कार्य किया है जी धन्यवाद प्रकट सिंह की टीम मौके पर पहुंची और बॉडी को बाहर निकाला गया बात करेंगे तो बॉडी जो है कितने बजे बजे आपने पर देखी? मेरे मेरे को को, इनके पास स्क्रिप्ट आया था मेरे तो मैं बजे बिल्कुल यहाँ पहुंच गया था बॉडी को जो बॉडी थी वो तो गोबरीपुर पुल ऐसी दो किले आगे थी और सेंटर में थी तो मैंने बॉडी को बाहर निकाल के साइड में लगा लिया जी तो अच्छा बीच में पानी में जाकर आपने यू नो फैमिली ने देखा था मेरे को फोन आया था छे बजे के लिए अच्छा। और सवा छजे तो, मैं के बॉडी बोडीड लगा लिया दो ढाई किलोमीटर आगे ज्यादा दूर नहीं है जी दाई किले, किले, किले, जी, किले। तो यहाँ पर जो है फिलहाल आप तो फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रगट सिंह की टीम जो है वो मौके पर पहुंची और फिलहाल डेड बॉडी को बाहर निकाल लिया गया है और स्थानीय पुलिस की भी यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है आप ये देख सकते हैं स्थानीय पुलिस मौके पर पहुँच चुकी है शव को करनाल के ही कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के मर्चरी हाउस में भिजवाया जाएगा तो बेहद ही दुखद समाचार किस प्रकार से किस प्रकार से दो व्यक्तियों के डूबने की खबर आती है छठ वाले दिन एक व्यक्ति का शव मिल जाता है सुबह और एक व्यक्ति का आज शाम को शव मिला है बात करेंगे यशपाल जी यशपाल जी दूसरा शव मिल गया हाँ जी दूसरा सब मिल गया है अब भी, गया अब भी ये साढ़े पाँच बजे सूचना मिली थी साढ़े पाँच पौने छह बजे तो अभी हम आ गए हैं इसका सब निकाल के और डेड हाउस रख के सवेरे इसका पोस्टमार्टम कराया जाओ तो अभी जाए जाए। हाँ भी ले कर जाए। अभी लेकर जाए जाओगे अभी डेड हाउस में रखवा देंगे ना सवेरे फिर इसका पोस्टमार्टम करवा देंगे सुबह था दुखन का अब यह है वशिष्ठ का ये दोनों एक साथ डूबे थे ना छठ पूजा करते हुए तो सुबह दुखन का मिला था उसका पोस्टमार्टम करा के और ना स्वारसान के हवा करती उसका संस्कार हो गया अब है ये वशिष्ठ शर्मा ये राजीवपुरम का रहने वाला है इसका अब सब निकाल के पोस्टमार्टम करवा के कर तो, तो फिलहाल यशपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और किस प्रकार से अभी इस बॉडी को यहाँ से ले जाया जाएगा पोस्टमार्टम के लिए परिवार वालों के लिए दुख समाचार आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से परिवार वालों का दोस्तों रो रो कर बहुत ज्यादा बुरा हाल है क्योंकि जब ये सूचना मिलती है जब सूचना मिलती है दो लोगों के डूबने की सूचना मिलती है तब से लेकर अब तक जो परिवार वाले है उनका रो रो बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। अच्छा। तो आपको कैसे सूचना मिली बिहार। बिहार। रहते थे हम बिहार में रहते थे किया कि तुम्हारा भाई डूब गया है। आ, आ, आज आ आप आए हैं सर पांच बजे आप करनाल उतरे है बिहार में कहाँ के रहने वाले हो? खगड़िया जिला के रहने वाले आप है हम लोग तो विशिष्ट शर विशिष्ट के जो परिवार के लोग हैं वो फिलहाल यहाँ पर पहुँचे हैं और ये नहर की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आप ये देख सकते हैं यहीं पर ही जो शव है शव यहाँ पर साइड किनारे लगा हुआ है और शव को निकाला जाएगा तो जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य करें सुबह भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि, कि किस प्रकार से किस प्रकार से एक जो शव जिसका नाम जिसका एक डेड बॉडी जिसका नाम जो है दुखन बताया जा रहा था दुखन और विशिष्ट दोनों ही नहर में डूब जाते हैं छठ पूजा के दौरान दुखन का जो शव है वो सुबह बरामद हुआ था और अब आप ये देख सकते हैं कि विशिष्ट का भी शव जो है यहाँ से मिल चुका है शव को थोड़ी देर बाद जो है निकाला जाएगा करनाल के ही कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के मर्चरी हाउस में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा तो बेहद ही दुखद समाचार जी हां बेहद ही दुखद समाचार हरियाणा के करनाल जिले की ये तस्वीरें है करनाल के गोगीपुर नहर की ये तस्वीरें है जहां पर आपने देखा कि किस प्रकार से सुबह दुखन का शव बरामद हुआ और अब जो है विशिष्ट का भी शव बरामद कर लिया गया है स्थानीय पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है और परिवार के भी लोग आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से परिवार के लोगों का रो रो बेहद ज्यादा बुरा हाल है तो जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को आप शेयर भी करें आप ये देख सकते हैं साफ़ तस्वीरों तो में कि किस प्रकार से जो स्थानीय पुलिस है थाना रामनगर वो इस वक्त यहां पर मौजूद है और अब इस शव को बाहर निकाला जाएगा और करनाल के ही कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में इस शव को भिजवाया जाएगा तो जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य करें हरियाणा के करनाल ज़िले की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अब पुलिस यहां यहां पर मौके पर पहुंच चुकी है और शव को यहां से ले जाया जाएगा करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा तो बेहद ही दुखद समाचार आप ये देख सकते हैं परिवार के लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और ये आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में कि किस प्रकार से जो प्रगट सिंह की टीम है ये आप देखिए प्रगट सिंह की टीम मौके पर पहुंची और शव को अब बाहर निकाला जाएगा फोन आया था करीब छ बजे के आसपास जो है फोन आता है और उसके बाद जो है प्रगट सिंह की टीम और पुलिस प्रशासन यहां पर मौके पर पहुंच चुका है और फिलहाल शव को बाहर निकालने की यहाँ पर पूरी कोशिश और आपको बता दें कि शव जो है नहर के किनारे लगा हुआ है और जो डेड बॉडी है और ये देखिए पुलिस की यहाँ पर की देखी जा रही है और अब इस डेड बॉडी को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा तो बेहद ही दुखद समाचार हरियाणा के करनाल जिले की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर अब विशिष्ट का जो शव है वो निकाल लिया गया है और करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के मर्चरी हाउस में इस शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से पुलिस की यहाँ पर फिलहाल मौजूदगी देखी जा रही है तो जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य करें परिवार वालों के लिए एक बेहद ही दुखद समाचार है ये किस प्रकार से सुबह दुखन का जो शव है वो नहर से निकाला था और अब विशिष्ट का जो शव है वो नहर से निकाला जाएगा छोटे छोटे बच्चे हैं दोस्तों और जब परिवार के मेन जो मुखिया हैं वो जब दूर हो जाते हैं तो दुख क्या होता है परिवार वाले ही जानते हैं और या अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो शव है शव को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है तो बेहद ही ज़्यादा गरीब परिवार बिहार मूल का रहने वाला ये परिवार है और देख सकते हैं कि किस प्रकार से छठ पूजा वाले दिन जी हां छठ पूजा वाले दिन ये हादसा होता है छठ पूजा वाले दिन ये हादसा होता है और इस हादसे में दो लोगों के डूबने की खबर आती है एक का नाम दुखन बताया जा रहा है और दूसरे का नाम विशिष्ट बताया जा रहा है दुखन का सुबह करीब 11 बजे के आसपास जो है सूचना मिलती है कि उसका शव जो है वो देखा गया और अब कहीं ना कहीं विशिष्ट का जो शव है वो यहां से निकाला जाएगा तो बेहद ही ज़्यादा दुख दुखद खबर हरियाणा के करनाल जिले की ये तस्वीरें हैं और तमाम श्रद्धालुओं से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेंगे जी हाँ तमाम श्रद्धालुओं से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी लोग घाट में जाकर पूजा करते हैं घाट में जाकर पूजा करते हैं उनको सचेत रहने की आवश्यकता है किस प्रकार से दुखन और विशिष्ट का पैर फिसल जाता है जी हाँ पैर फिसल जाता है और पैर फिसलने के बाद दोनों के डूबने की खबर आती है और मौत हो जाती है छोटे छोटे बच्चे हैं एक के दो बच्चे हैं और दूसरे के तीन बच्चे हैं और पांच दिन से जी हाँ दोस्तों पांच दिन से लगातार जो परिवार है वो विलाप करता हुआ नजर आया दोनों की पत्नियों का रो रो कर बहुत ज्यादा बुरा हाल था और अब आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि शव को बाहर निकालने की पूरी कोशिश यहां पर जरूर की जा रही है शव की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं या आप देख सकते हैं कि जो गोताखोर है जो गोताखोर है वो फिलहाल शव को बाहर निकालने की पूरी कोशिश करते हुए ज़रूर नज़र आ रही हैं तो इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा हरियाणा के करनाल जिले की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो शव है वो नहर के किनारे लगा हुआ है और शव को बाहर निकालने का फिलहाल पूरा प्रयास किया जा रहा है दुखन नामक व्यक्ति का जो शव वो सुबह निकाला गया था और अब विशिष्ट नामक व्यक्ति का जो शव है वो बाहर निकाला जा रहा है तो इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य करें और निवेदन करना चाहेंगे हाथ जोड़कर सभी के आगे भी निवेदन करना चाहेंगे कि आप जब भी घाट पर जाकर पूजा करते हैं तो आपको सचेत रहने की आवश्यकता है आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से रस्सी की सहायता से शव को फिलहाल बाहर निकाला जा रहा है शव की दिखा रहे हैं। नहर कर जो घाट है वहां पर पूजा की जाती है सुबह का वक्त छह बजे के आसपास दोनों के डूबने की खबर आती है और फिर उसके बाद गोगीपुर नहर में अब कहीं ना कहीं दोनों शवों को बाहर निकाला गया तो शव की हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को ज्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा हरियाणा के करनाल जिले की ये तस्वीरें हैं जी हाँ हरियाणा के करनाल जिले की ये तस्वीरें हैं और आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से अब इस शव को इस गाड़ी में डालकर करनाल के ही कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के मर्चरी हाउस में रखा जाएगा पोस्टमार्टम के लिए और शव को परिवार जो शव है परिवार को स्फूर्द किया जाएगा तो बेहद ही ज़्यादा दुखद समाचार कि इस प्रकार से छठ वाले दिन हालांकि काफ़ी संख्या देखी गई थी काफ़ी श्रद्धालु जो है घाट के किनारे घाट पर जरूर पहुंचे थे नहर किनारे लेकिन खबर आती है सुबह के समय में खबर आती है कि किस प्रकार से दो लोग जी हां दो लोग जो है इस नहर में डूब जाते हैं और फिर उसके बाद एक मातम छा जाता है जी हाँ मातम छा जाता है पूरे परिवार में मातम छा जाता है और बेहद ही दुखद समाचार मिलता है फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि परिवार वालों का बेहद ज़्यादा रो रो कर बुरा हाल पाँच दिन परिवार वालों ने विलाप किया और किस प्रकार से छोटे छोटे दोनों परिवारों के छोटे छोटे बच्चे हैं परिवार हँसता खेलता लेकिन किस प्रकार से छठ वाले दिन दोनों के डूबने की खबर आती है और दोनों की मौत हो जाती है तो बेहद ही ज़्यादा दुखद समाचार हरियाणा के करनाल ज़िले की ये तस्वीरें हैं आप ये देख सकते हैं ये नहर किनारे इस वक्त हम मौजूद हैं और जहाँ पर अब शव को बाहर निकाल लिया गया है जी हाँ शव को बाहर निकाल लिया गया है शव की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं तो जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तमाम जो परिवार के लोग हैं उनकी यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है शिनाख्त कर ली गई है आपको बताना चाहेंगे कि शव की शिनाख्त जो है कर ली गई है शव को बाहर निकाला जा रहा है विशिष्ट विशिष्ट इस व्यक्ति का नाम है और इसका भी जो शव है वो बाहर निकाल लिया गया है बेहद ही ज़्यादा गरीब परिवार है तीन बच्चे के जो पिता है वो कहीं ना कहीं खुशहाल जरूर था लेकिन किस प्रकार से किस प्रकार से खबर आती है छठ वाले दिन छठ वाले दिन इन दोनों के डूबने की खबर आती है और फिर उसके बाद एक मातम छा जाता है परिवार में मातम छा जाता है और अब, अब आपको जानकारी देना चाहेगी कि जो शव है शव को फिलहाल बाहर निकाल लिया गया है और एक बेहद ही दुखद समाचार हरियाणा के करनाल जिले से इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और बहुत बड़ी एक क्षति जरूर हुई है परिवार को बहुत ज्यादा क्षति जरूर हुई है आप ये देख सकते हैं कि पुलिस यहां पर मौके पर पहुंची है और परिवार के जो तमाम लोग हैं वो भी यहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं और आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से अब इस शव को इस शव को करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में ले जाया जाएगा पुलिस की यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है शव की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते तस्वीरें आपको विचलित जरूर कर सकती है तो इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को शेयर भी अवश्य करें और तमाम श्रद्धालुओं से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेंगे कि जब भी वो घाट पर आते हैं जब भी वो घाट पर आते हैं तो उन्हें सचेत रहने की जरूर आवश्यकता होती है हालांकि इस छठ पूजा की अगर हम बात करें तो हजारों की संख्या में जी हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे थे श्रद्धालु पहुँचे थे करनाल के ही पश्चिमी यमुना नहर में और घाट पर पूजा जा रही थी सुबह का वक्त था बजे का वक्त था लेकिन किस प्रकार से दो लोगों के डूबने की खबर आती है एक का नाम दुखन बताया जा रहा है और दूसरे का नाम विशिष्ट बताया जा रहा है तो दोनों के डूबने की खबर आती है और परिवार में किस प्रकार से मातम छा जाता है तो बहुत बड़ी क्षति है परिवार को बहुत बड़ी क्षति है इससे बड़ी क्षति और इससे बड़ा दुख दोस्तों हो नहीं सकता जब परिवार का एक सदस्य घर से जुदा हो जाता है तो दोस्तों जो दुख होता है वो परिवार के लोग ही जानते हैं कि कैसा होता है वो दुख और ईश्वर ना करे कि ऐसा दुख किसी को मिले क्योंकि इस प्रकार से हमने विलाप करते हुए देखा उस परिवार को पांच दिन लगातार दोनों की बीविया विलाप करती हुई दिखाई दी और वो मंजर देखा नहीं जाता था जब भी के लिए जाते थे तो वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा विलाप करती थी क्योंकि उनके पति दूर हो चुके थे फिलहाल शव मिल चुका है और अब शव को करनाल के ही कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के मर्चरी हाउस में रखा जाएगा तो बेहद ही दुखद समाचार हरियाणा के करनाल ज़िले की ये तस्वीरें हैं जहां पर किस प्रकार से इस शव को बाहर फ़िलहाल निकाल लिया गया है तो जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा हरियाणा के करनाल ज़िले की ये तस्वीरें हैं और आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो शव है अब उसको गाड़ी में रखा जा रहा है करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के मॉर्चरी हाउस में इस शव को रखा जाएगा पोस्टमार्टम के लिए तो इस वीडियो को आप शेयर भी करें और परिवार आप देख सकते हैं बेहद ज्यादा दुखी है परिवार और स्थानीय पुलिस के भी यहां पर मौजूदगी देखी जा रही है और इस गाड़ी में अब शव को रख दिया गया है जी हाँ और मॉर्चरी हाउस में इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा तो इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सलाम करना चाहेंगे प्रगट सिंह की टीम को सलाम करना चाहेंगे यहाँ करने करने पहुंचे जी और उनको हमने बात किया था दोनों कहा दोनों शब्द गौरीपुर पुल ऐसी मिले जी ये एक शब्द गोबरीपुर के मिला है और एक शव जो तो है वो तो पुल ऐसी थोड़ा आगे मिला है छठ पर्व वाले दिन ये छठ पर्व वाले दिन ग्यारह तारीख को दो कितने दिन बाद चार से पाँच दिन बाद इनके दोनों की पोस्टमार्टम हाउस लेकर जाया जा रहा है जी अभी ये शाम को पोस्टमार्टम लेकर जाएगा और सुबह परिवार को सब दिया जाएगा आपका नाम <laughs> <ले कर था। laughs> तो पुलिस तो तो तो है हमारे साथ वीरेंद्र क्या कुछ जानकारी मिली थी आप मौके पर पहुँचे नीचे थोड़ा सा जैसे हमें जानकारी मिली थाने में सूचना हम हाँ, हाँ, अपना पर्सनल व्हीकल लेकर यहाँ पे आए हैं ये 11 तारीख की बात है, छठ प्रव के दिन दो डेड बॉडी पानी में डूबने के कारण मिली नहीं थी उस दिन के बाद मौका पर जाकर पुलिस ने किस्ती के जरिए तलाश भी की और जो ये अपने गोताखोर है के, उनके द्वारा भी तलाश की गई लेकिन बॉडी नहीं मिली आज जैसे सूचना मिली हम थाने से यहाँ पे आ गये थी एक बॉडी सुबह मिली थी उसका पोस्टमार्टम करवा के इसका नाम है विशिष्ट सर को जो दो सुबह मिली वो सुबह दुख खनसानी के नाम से दोनों बिहार के रहने ये दोनों बिहार के रहने वाले सुबह वाले वो का हूँ क्या कुछ कब हादसा हुआ था ये, कैसे ग्यारह तारीख को सुबह छठ पूजा के दौरान हादसा नहाने के लिए ये गए थे नहाने के लिए देकर और अर्घ दिया जाता था सूर्य देव को उसी टाइम साढ़े छह बजे का टाइम था उसी टाइम एक डुब लगाए और उसके बाद वो डूब गए फैर फिसलता गया बीच में चले गए हम लोग ढूंढवाए भी तो नहीं मिला वोट आए बीस मिनट बाद तो भी नहीं मिला आज पाँच दिन से हम लगातार ढूंढते ही जा रहे हैं उनको आज दिन दिन दिन के रात दिन, रात एक करके रात, रात भर जागे रहते थे सबके लिए कितने दिन बाद सब मिले है? आज पाँचवे दिन पाँचवे दिन जाके पाँच जा सब मिला है वो भी क्या -क्या नाम थे दोनों के? दोनों के, ना, एक के ना, इनके नाम एक नाम वशिष शर्मा थे जो अभी छह बजे शाम को मिला है और दूसरे का नाम दुखन दुखन था। दोनों बिहार दोनों बिहार से आए थे, थे। मेहनत मजदूरी करते थे परिवार पीछे। परिवार पीछे भार भार भार शर्मा के दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की और बिचारी हो प्रकट सिंह प्रकट सिंह टीम का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। वो मेरा सेवा हमेशा ही फोन रात दिन उठाते रहे बोला तुम्हारा सेवा के लिए मैं हर तरफ ऐसी हूँ मैं उन प्रकट सिंह टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आज हमारी सेवा में हमेशा तैयार रहे आपका नाम मेरा नाम सुशील कुमार आप रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार है मेरे जीजा जी थे बशीस शर्मा इनके आप समझ सकते हैं की आप तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो इनके विशीष शर्मा जी हैं इनके जीजा जी लगते थे और ये लोग काफी बहुत ज्यादा जो है ये लोग परेशान थे जब से खबर पता चली इनको डूबने की तो दोस्तों विलाप करते हुए जरूर नजर आए थे और सलाम करना चाहेंगे प्रगत सिंह की टीम को भी सलाम करना चाहेंगे कि इस प्रकार से परिवार का बहुत ज्यादा साथ दिया और जब जब परिवार ने फोन किया प्रगट सिंह को तब तब फोन उठाने का भी काम किया दोस्तों आसान बात नहीं होती है क्योंकि पानी का जो एक स्तर है वो बहुत ज्यादा है और ऐसे में शव को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है तो प्रगत सिंह की टीम जिस प्रकार से काम कर रही है ईश्वर खूब इनको तरक्की दे और प्रार्थना कीजिए प्रार्थना कीजिए उन परिवार वालों के लिए प्रार्थना कीजिए जिनका अपना खो चुके हैं उनको हिम्मत मिले उनको शक्ति मिले हम भी प्रार्थना करते हैं और आप भी प्रार्थना कीजिए क्योंकि परिवार बहुत ज़्यादा गरीब है और बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं दोनों परिवारों के इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य करें और प्रार्थना भी आप ज़रूर करें अपडेट आपको देते रहेंगे